तो आपका पुनः स्वागत अब फ्लूड्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हेतु हम मुख्यतः दो इंजीनियरिंग फ्लूड्स पर ध्यान दे रहे हैं जो हवा और पानी है क्योंकि ये दोनों फ्लूड्स हैं इन्हें हम हमेशा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभ्यास के लिए प्रयोग करते हैं उदाहरणतः हम एयर कंप्रेसर्स का एयर कंडेसर के लिए उपयोग करते हैं और इसलिए पानी का विभिन्न कूलिंग प्रयोजनों के लिए और विभिन्न हीटिंग प्रयोजनों के लिए हीट एक्सचेंजर का उपयोग करते हैं तो यह दोनों फ्लूड मुख्यतः मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए उपयोग होते हैं तो यदि मुझे फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज अध्ययन करनी है तो मैं साधारणतः ऐसे फ्लूइड का उपयोग करना चाहूँगा जो कि मुख्यतः मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं और इसलिए हमने जो पहले पढ़ा वह हवा और पानी की प्रॉपर्टीज हैं देखिए अगर मैं इन दोनों फ्लूड्स की कुछ प्रमुख विशेषताएँ सामने लाने हेतु हवा और पानी की तुलना फिर से करना चाहूँगा हमें यह देखना होगा कि ये दो बातें हैं यदि मैं हवा को देखूं, मैं उसे एक अकेला कंपोनेंट मान सकता हूं, हालांकि वह बहुत सी गैसों का मिश्रण है जो कि एक प्लस पॉइंट है यह परिवेशी स्थितियों में पूरी तरह गैस के रूप में रहती है क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा प्रेशर पर नहीं होता मुख्यतः निकट परिवेशी स्थितियों के आसपास जिसमें हम फ्लूड्स का उपयोग करते हैं मैं ऐसे फ्लूइड्स का उपयोग करना चाहूँगा हवा और पानी जिनका सामान्य रूप से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में उपयोग किया जाता है परिवेशी टेम्परेचर के आसपास पर यदि मैं उन प्रॉपर्टीज की तुलना करूं या पूरी तरह से परिवेशी परिस्थितियों के निकट गैसीय रूप में रहती है इसी प्रकार से हवा जो हालांकि मिश्रण होते हुए एक सिंगल कंपोनेंट है विश्लेषण कार्य के लिए उसे आइडियल गैस मान सकते हैं और इसलिए हवा के विभिन्न प्रॉपर्टीज अलग प्रेशरों और टेम्परेचरों पर प्राप्त करने हेतु आइडियल गैस सिद्धांत उपयोग कर सकते हैं हवा के रूप में यह फायदे हैं लेकिन यहाँ पर मैं केवल गैसी हवा का अध्ययन कर पाऊंगा क्योंकि परिवेशी टेम्परेचरों पर हवा केवल गैसी अवस्था में ही है और इसलिए अगर मैं हवा को एक तरल पदार्थ के रूप में उपयोग करूँ तो लिक्विड प्रॉपर्टीज या लिक्विड रूप में फ्लूइड्स को समझ नहीं पाऊंगा उसके विपरीत यदि फ्लूइड के रूप में पानी का उपयोग करें तो पानी के सभी तीनों फेज पर निकट परिवेश स्थिति में निरीक्षण कर सकते हैं इसलिए जब मैं कहता हूँ परिवेश की स्थिति तो वह है रूम टेंपरेचर के चारों तरफ से लेकर कहेंगे जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मैं देख सकता हूँ पानी तीनों रूपों में अस्तित्व में है साधारणतः में सभी का उपयोग यह तीनों फेज का विभिन्न इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए मुख्यतः लिक्विड और गैसों को अधिक रूपों में उपयोग कर सकता हूँ सॉलिड से ज्यादा पर फिर भी मुझे मिल सकती है सॉलिड बर्फ लिक्विड पानी और गैस वेपर स्टीम के रूप में यह तीनों फेज का मिश्रण यह सब पदार्थ के रूप में पानी को संगठित करते हैं यह अस्तित्व में होते हैं वे निकट परिवेशी स्थिति में है जहाँ तक हवा की बात है मेरे पास केवल निकट परिवेशी स्थिति में हवा गैसी रूप में है हवा का बॉयलिंग प्वाइंट रूम टेम्परेचर से काफी कम है और इसलिए इन दोनों फ्लूइड में से दो इंजीनियरिंग फ्लूड यदि मैं फ्लूइड के लिए पानी या हवा का प्रयोग करना चाहता हूँ तो मैं हमेशा पानी को प्रधानता दूंगा क्योंकि पानी शुद्ध पदार्थ की तरह अस्तित्व में है यद्यपि हमारे पास पानी की दो फेज मिश्रण है जबकि हवा नहीं है और मैं प्रयोग कर सकता हूँ गैसों को फ्लूइड की तरह और लिक्विड भी फ्लूड की तरह जहाँ तक पानी को माना जाता है तो मैं पानी के प्रयोग से बहुत खुश हूँ अगर मुझे फ्लूइड का अध्ययन करना है क्योंकि मैं गैसों और लिक्विड दोनों का अध्ययन कर सकता हूँ तो पानी 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड आसानी से प्राप्त टेम्परेचर रेंज पानी का दो या तीन फेज का मिश्रण एक शुद्ध पदार्थ है और इसलिए यह फेज एक साथ में एक शुद्ध पदार्थ संगठित होते हैं एक एटमॉस्फेयर पर पानी के फेज बदलाव आसपास की परिवेशी स्थिति पर स्पष्ट रूप से दिखते हैं तो मैं फेज बदलाव का भी अध्ययन कर सकता हूँ और पानी के हर फेज का अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है तो ठीक है लिक्विड वेपर्स सॉलिड के अलग अलग इंजीनियरिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है कि ये पानी को फ्लूइड की तरह उपयोग करने के फायदे हैं तो यदि मुझे फ्लूइड के गुणों का अध्ययन करना है यदि मैं फ्लूइड के रूप में पानी का उपयोग करूँ जो फ्लूड जिसका मुझे गैस और लिक्विड के रूप में अध्ययन करना है पानी के ये सब रूप अस्तित्व में हैं पानी का अध्ययन गैस और लिक्विड के रूप में हो सकता है तो इसलिए फ्लूइड के गुण केवल पानी तक सीमित किए जा सकते हैं तो अब के बाद इसलिए अब यदि मुझे फ्लूइड के गुणों का अध्ययन करना है मैं फ्लूइड के गुणों का अध्ययन करूँगा पानी के माध्यम से जहाँ मेरे पास गैस फेज हो सकता है मेरे पास लिक्विड फेज संगठित गैस और लिक्विड फेज भी हो सकता है जो कि एक शुद्ध फ्लूड है और इसलिए मैं परिणाम फ्लूड के अध्ययन पर पहुँचता हूँ लुइड के गुण समझे जा सकते हैं अब से पानी के गुणों का अध्ययन करके तो मेरी आगे की चर्चा होगी पानी वेपर्स के बारे में पानी गैस के तौर पर पानी लिक्विड फेज में और पानी लिक्विड और गैस फेज में साथ में हो सकता है तो पानी के अलग अलग गुण जहाँ तक हमें पता है लिक्विड और हमने पहले देखा है पानी के लिए कोई स्टेट का साधारण इक्वेशन उपलब्ध नहीं है जो कि लिक्विड्स भी सही है इसलिए फ्लूइड के गुणों को दो पद्धतियों के द्वारा समझाने या जाने जा सकते हैं और इसलिए हम ग्राफिकल पद्धति अपना सकते हैं अलग अलग गुण प्राप्त करने के लिए पानी के लिए हमारे पास मोलियर चार्ट है जो हमें वैचारिक समझ देता है हमें वास्तविक अचूक संख्याएं प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि यह ग्राफिकल पद्धति है जो हमने साधारणतः उल्लेखित किया है स्टीम टेबलों का पानी के गुण प्राप्त करने के लिए है टेबुलर पद्धति जहाँ हम उपयोग करते हैं जो कि मूल्यतः प्रायोगिक डेटा का संग्रह है जो यहाँ और कुछ प्रॉपर्टी संबंधों से डेटा दूसरे पॉइंट्स के लिए प्राप्त किया है तो इसलिए हमारे पास क्या है स्टीम टेबल्स जिनका हम इन आने वाले लेक्चरों में उल्लेख करेंगे यह गणना के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं पानी के कुछ अचूक प्रॉपर्टीज अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पर तो हमारे पास स्टीम टेबल है जिसका हम इस संदर्भ में भविष्य में अध्ययन करेंगे तो हमने संक्षेप में जो जाना और सीखा कि शुद्ध फ्लूइड और अशुद्ध फ्लूड क्या है दोनों के बीच का अंतर मूलतः दो बुनियादी इंजीनियरिंग फ्लूइड जो कि हवा और पानी जिसका साधारणतः इंजीनियरिंग अभ्यास में उपयोग करते हैं और अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम फ्लूड का अध्ययन करने के लिए पानी का क्रम में अध्ययन करना चाहेंगे और फिर आने वाले चर्चा में हम पानी के गुणों का अध्ययन करेंगे धन्यवाद